जतिन जतिन जतिन तो आए नहीं अबे कोड बताया बता चल ज्वाइन हो गया आ गया आ, आ गया गया आ आ क्या तू तू भी लिख, लिख।, लिख। लाइव कर रहे कर रहा हूं। बता बता बता चला जल्दी आ बताया भाई डिब्बू okay. बताया भाई डिब्बू के होगा <laughs> चूतिया बोल तो दिया एट नाइन जीरो फिर से नाइन जीरो अ आवाज कटत तो नहीं पता आवाज लो कोई हेलो वॉइस आ रही है 908 बोलते बोलते ही एक मिनट होल्ड करियो सब सबले बचा बचा देखिए यहां पे 89090 ओके ले एक, एक बार यार मैं देख कम के हो रहे हो क्या है क्या हो रहा है क्या अपन टीका रहो यार अबे अबल्टा मैं तू आ जा आ गया मैं आ गया होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर एक मिनट होल्ड कर मैं आ गया गेम चालू कर रहा हूं ये ये गांडू गांडू गांडू कौन कौन है है भाई भाई कैप्टन कैप्टन कैप्टन आ आ आ आ गया आगे आ गया मे, हाँ कौन कौन गया हाँ मैं गया हाँ मैं ही हो एक तो दे ओ के के क्या बोल रहे बोल बोल ए, ए, बोल बोल बोल कोड कोड कोड कोड कोड कोड बोलो बताओ बड़े ओके अबे निकल निकल गया गया बोलता है नहीं मैं तो अरे यही हो यही हो सोरी भाई सोरी जतिन जतिन नहीं खेल रहे भाई भाई भाई सॉरी बोल बोल लो माफ माफ माफ माफ करना होता किया कर कर कर दिया बोल दिया कर दिया किधर है है है आ आ रहा है वो थोड़ी देर रहा चार, तो में चेक चेक करने का कुछ मेरा क्या है मैंने दिया अभी अरे भाई चल चल चल चल चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो अटकने की जोड़ अभी अबे रुक रुक रुक गया अभी अब अबे नो नो नो नो नो नो अबे अबे क्या सीन है बच जा यार बच जा यार बच जा अब क्वालीफाई हो जाएगा मैं मैं रह जाऊंगा सब क्वालीफाई हो जाएगा खाली मैं रह जाऊंगा देख लेना भाई फेंक दिया अपना अबे भाई, भाई, भाई मेरे को एलिमिनेटेड यार पहला भाई। भाई। गेम था यार मेरे को निकलगिरी नहीं हुआ मैं अभी नहीं हुआ मैं मैं विक्टो गया मैं विक्टो गया बे गलासी भाई मैं विक्टो गया यार अबे को इस पास हुआ क्या कोई पार हुआ नहीं मैं तो नहीं हुआ को, तो तो तो कोई बार बार तो लिको आजो, लिको, आजो, लिको, और कोई कोई कोई कोई और और बाहर बाहर नहीं है है ठीक बोल रहा है रुक रुक रुक व्हाट्सअप जतिन भाई जतिन भाई जतिन भाई लाइव स्ट्रीम देख रहा है भाई खेलने नहीं आ रहा भाई क्या सीन कर भाई इसे बुला उसे बुला कोड कोड कोड कोड लिखो लिए लिए दिया भाई। record, record record लिखो लिखो थ्री सेवन थ्री हम ज्वाइन कर लिए कट रहा है आवाज आती है सबकी अरे भाई ये बोल रहा है कि सबकी आवाज कट रही है बोल के शुरू अरे क्यों नहीं आ रही भाई आ, आ रही है तेरी आवाज ही आ रही है सबकी आवाज आ रही है तो सलाह मेरे कोई नहीं इग्नोराम तो को इग्नोर ऐसे ही मार रहे है अपनी मर्जी अच्छा बेटा अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी मर्जी मर्जी और नहीं क्या क्या अपनी फोन अपनी उंगली अपनी मुंह अपनी अब तेरी तेरी तेरी वॉइस वॉइस वॉइस कट रही है रही है बोल रहा को पापा वाले भाई, भाई, भाई, भाई, भाई। रुक रुक किसकी गिर गया एयरटेल 4G है फिर भी होता है रिपोर्ट अरे भाई, भाई भाई भाई अरे मो नीचे फिगर है बेल लो भाई में, भाई पिंग में पिंग आ रहा है मेरा पिंग मैं पिंग 100 के ऊपर आ रहा है अबे अबे अबे गिर गया नहीं मेरा क्यों कोई नहीं है अरे क्या सीन है छीबे तू गिरा दिया यार भाई भाई भाई भाई फिर से नहीं यार नीचे फेंक दिया इनको मैं अबे अबे बच गया था खेल नहीं पा रहा मैं खेल नहीं पा रहा हूं खेल नहीं पा रहा हूं यार मैं पार कर गया मैं पार कर गया भाई भाई यार क्या हो रहा है ओ अभी है वो भाई भाई में तो अबे क्या बात कर रहे गांडू भाई भाई भाई भाई यार भी पार कर गए सही है सही है भाई अरे अभी भाई गांडू है तू गांडू कैसे जीत गया भाई मैं रहा अबे अभी जीत दिया देव तो तो ठीक ठीक है है भाई तो है खेलता है गांडू कैसे भाई भाई भाई भाई, भाई बहुत भाई बहुत खेल खेलता है है है है में में सही सही रहा बीच मैंने मैंने मैंने छोड़ छोड़ अभी अभी में, अभी, में, अभी मेरे एग्जाम स्टार्ट तो मैंने दी थी गेम। सही है? देव देव अबे फालतू के नमी आई रेड जेडस जेडस बोल जेडस आराम को तेरे बंदे बन, तेरे बंदों को बोल मैच है वो सब्सक्राइब मारने के लिए अभी मैं भी लाइव है बे चल ठीक है बोल दूंगा यार ए, ए कहां पर है देख लेना भाई 10 बंदे दूसरे हो गए आपको गांडू पोच गया गांडू पोच गया गांडू पोच गया गांडू तो पहुंच गया देख अब देख देख देख दे पहुंच गया क्या मैं फर्स्ट आया था भाई फर्स्ट मैं ही आया था पहले मैं मैं मैं आया है दूसरे दूसरे को देख रहा था मतलब ओ ही क्या जल्दी आ, जल्दी आओ गंडू भाई वाले हॉल में तो दूसरे में घुसूंगा घुसियो अरे सोमियो तो अरे यार अरे सोम्यो अबे देव भाई देव बहुत बहुत भाई प्यार से प्यार कर रहा है भाई गेम बहुत प्यार मोबाइल से प्यार कर रहा है गेम भाई भाई भाई भाई भाई अलग अलग सीन चल रहा रहा रहा है है है देव का ये देख देख बहुत ज्यादा प्यार प्यार से से कर मजे खेल एक नंबर मिला कहा अरे वो मतलब कब भी है पेट में भी रॉयल पास होता है भाई रॉयल पास रॉयल पास होता रोयल रोयल है ओए मैं हां इसमें भी आरपी होती है मतलब आरपी होती है अबे देव अब... जीत गया देव देव नहीं नहीं तवे ओए नहीं जीता, जीता ओए फिनिश अभी जीता जीता अबे गलत जीत गया जीत गया भाई जीत गया देख ना कैसे बोल रहा है लगी सीने भाई उसको देख ले कैसे बोल रहा है गांड में झोल लगा के नचाऊंगा साले तेरे को हरामखोर अबे <laughs> यार गला सिमटई आई साला मेरा पिंग इतना हरा में खेल ही नहीं पा रहा था अब खेलूंगा बाद में अब खेलना पड़ेगा अरे गांडू भी बाइकून आए आ आ आ आ गांडू आ गया आ गया एक नंबर तो तो नाम है है है गाली तो देनी पड़ती नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं भाई भाई भाई पता यार यार यार आगे बढ़ने में फिर फिर फिर से से से ये मैं समझ में है, मैं क्या है, मेरा मैं मेरा क्या वीपीएन चालू इसकी वजह से भाई अबेगा, क्या अबेगा, अबेगा, क्या क्या प्रो ए, प्रो ए, प्रो प्रो है भाई क्या ले देव गया <laughs> देव को देव को पार कर देव को देव को पीछे करते हुए गिर गया फर्स्ट <laughs> आ गया अपन फर्स्ट आ गया रुक जा तुम भाई मैं सेकंड में, में भाई आया मैं फोर्थ आया मैं फोर्थ आया मैं फोर्थ आया जब प्रेस पर प्रेजेंट इसका प्रेजेंट इसका पर, पर, पर. रुको ना मेरे को ये लोग ये लोग ये देख ना कि जीत क्या देना <laughs> क्या देना भाई पब्लिक गार्डस से सवर है <laughs> लो भाई वेरी गुड आ रही है क्या तुम लोग को हां बे आ रही आ रही आ रही आ रही भाई आ रही देख रहे हो अच्छे चल चल चल चल सुवर चल, चल बे दे, क्या कर रहा है जल्दी आ भाई क्या कर रहा है अबे ये लोग जाने नहीं दे रहे जल्दी जल्दी जल्दी आ आ आ भाई क्या बंदा है क्या ही बंदा है भाई जाने नहीं दे रहे हैं सामने अब मजा आएगा देखना अब तेरा भाई भी खेलेगा अब भाई भी खेलेगा देखो मेरे को जाने नहीं, नहीं लाइक आगे, आगे निकल रहे हो इसी बात पे तो भाई दे भाई लाइक लाइक लाइक लाइक प्लीज शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई जो, जो, जो मचा पब्लिक बहुत आगे जाना है मेहनत कर अरे भाई पक्की बात है भाई पक्की बात है पक्की बात है भाई <laughs> अरे भोसड़ी का बहुत मार रहा है भाई ये अरे भोसड़ी का बहुत मार रहा है भाई पिक आगे खेल ही नहीं पा रहा हो भाई सालों सबसे पहले पहुंच गया हलतास तू क्या कर रहा है नूबडे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया नूब मत गिरा गिरा गिरा तेरा भाई का भी एक्सपीरियंस है भाई भाई आगे आगे तीनों हो गए तीनों हो गए आ गए मैं नहीं आया है है है है है गलत हो हो जो, जो हो रहा है, सही हो रहा रहा भाई, भाई सौरी। सौरी। मेरे पे चल ये ये ये जो भी सही सॉरी सॉरी सॉरी को नहीं दे रही ये एक नंबर देखिए ये ये नंबर नंबर है है भाई एक गया गया गया मत करना कोई यार पूरा मतलब खा के बीच का साल तुम लोग भाई गया गया अरे तमास साले रामकौर चला जा यहां से <laughs> तू चला जा भाई तू चला जा से इधर दिखना नहीं भाई गया गया गया बिट्टू गया, गया।, गया मैं जीत तो गया।, तो गया मैं जीत गया मैं जीत तो, गया तो, मैं जीत गया भाई मैं जीत गया मैं जीत गया अबे सूती लास्ट टाइम अपन तीनों ऐसे लास्ट टाइम अपन तीनों ही थे लास्ट टाइम अपन तीनों ही थे क्या बात कर रहे है नंबर भाई तू ना मेरी वजह से जीतता है तू कैप्टन कैप्टन तो तो मेरे मेरे सामने सामने गिरा गिरा क्यों भाई ऐसे क्यों तो मैं नहीं नहीं। मैं तो नहीं कर दो अरे बाहर आने का ऑप्शन नहीं आ नहीं ए, कोई तो एक भी रहा तो भाई रियल काक का अखक मतलब थोड़ा सा सबके जैसा अबे नहीं नहीं नहीं नहीं अरे भाई अरे यार सी बे वीपिंग से मेरा गेम गया साला आ जाओ पापा जी आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए तो आ गए <laughs> अरे यार आ आ गया ओ देखते हैं हैं भाई भाई भाई भाई पढ़ लेते कोई लिखा की लिखा कि नहीं बैक कैप्टन गए भाई अपने भाई भाई भाई भाई के के साथ रूप के साथ एकदम नए देखना देखना, देखना देखना देखना देखना ओ भाई। ही चल रहा है बात कर रहा है लाइव देख वो वो वो नहीं खेल रहा है क्या? नहीं वो नहीं खेलता, नहीं खेल क्या खेलता खेलता भाई कमीना हो गया ओके okay. ये वाला अलग ही सीन चलता है भाई ये वाला अलग ही सीन चलता है देखना अबे पार कौन कौन कर गया तो हम हैं हम हैं मेरी दो भाई शायद तीनों तो तो हार जाओ मेरी दो भाई मेरी दो तुम तीनों हार जाओ चलो दोन जाती भाई बदबू होती है वो ही तो जो समझ में समझ लो जो समझ ना समझ लो भाई मैं दोड़े दूंगा आगे चलो यार कोई तो आगे जाओ ओके उसने अच्छा नहीं कर रहा है सिर्फ नहीं क्या कर रहा है इसमें चलो मुझे का यार नहीं चलो आगे चलो कोई अभी कोई भी लाइव पे नहीं है यार मैच पे कोई तो आ जाओ भाई मेरे तीन है भाई अभी अबे गिराना मत यार गिराना मत अभी <laughs> अरे पंच को ऑप्शन में होता है इसमें वो 100 RP पे मिलता है हां भाई वो चीज तो फिर वो समय पे तुम लोगों को मारूंगा सर तुम लोग जाहिर सी बात मारूंगा फिर रॉयल पास खरीदना पड़ता है इसका अभी अरे हेलो तुम लोगों लो लो को सबको मालूम है इसका टाइमिंग होता है मालूम है आप लोग को क्या भाई हेलो इसका ना टाइमर होता है मालूम है आप लोग को नहीं नहीं फर्स्ट आ गया अगर देखो अगर हद, हम और मैं और पापा जी हम दोनों हो गए और बाकी कोई नहीं आ रहा पहले तो हम दोनों देख अभी तेरा भाई प्रो है देख देखो कॉम्पटीशन कॉम्पटीशन में तो से मेरे को भाई ये मैंने नहीं ये खेला मैं पहली बार खेल रहा हूँ यार जो भी है भाई देख रहे अबे नहीं यार यार, गला यार।, yes. यार यार एलिमिनेटेड यस जो जो मिला मेरे कलेज को सुकून सुन भगवीतु मनने पे बहुत खुशी हो रही है मतलब तो ये जीत जीत गया जी, कौन जीत गया अरे यार गलत इन है ले बेटे बात नहीं कर बात बेटा भी बात नहीं कर रहा है क्या सीन है बेटा बात नहीं कर रहा है ब्रो बोलते ब्रो प्रो अरे मेरे को रूम बोल मेरे को रूम नंबर बोल रूम कोड बोल 11267 71267 आजा जरा कंपटीशन में रहोगे तो मजा आता है ना भाई कंपटीशन के भाई पहले फेंक दिया भाई को कैसे मजा आएगा अब पहले निकाल दिया हां ओए भाई भाई भाई प्रो प्रो प्रो तो तो तो तो तो तो तो तो हम दो ये इस, इस टीम में अरे मैं भी मैं। अरे अरे अरे मैं मैं मैं मैं भी भी अब ठीक है है नीचे नीचे से से से वही वही वही वही वही वही रहा ऊपर बात कर रहा हूँ ना, ना तो समझ लो तो? नीचे से प्रो है किसी मेरा गी गी अबे मेरा ना तेरा बढ़िया नहीं कर है है रुक इसको नाम चल रहा ये मेरे को भाई मेरे को जाने नहीं दे रहा अरे गांडू भाई दो मिनट रुको यार अबे नीचे नीचे नहीं है टी के में मैं सबसे पहले पहुंच गया यहां पे अभी मैं अब लास्ट पे पहुंच गया तो मैं मैं, मैं भी, भी, भी, भी पहुंच गया, गया था यार अबे यार इसको मार कैसे करना है आ गया मैं आ गया मेथड आ गया ब्रो मैं 5th आ गया मैं मैं 6th आ गया मैं 6th आ गया अबे इसको करना कैसे है इधर कम्स दैट इज द भाई करना भी तो आराम से भी चालू भी नहीं किया है सो जा सो जा ए यार अब ये सोया तो था।, तो था हग दिया भाई मैं हग नहीं रहा हूं मैं ये कभी नहीं कर रहा भाई ये अब एक नंबर एक नंबर आगे आगे जाके जाके जाके जाके आगे जा आगे जाके जाके जाके भाई यहीं पे खेल खेल कोई नहीं तू खेल तू खेल हम अगला मैच खेल ले तू यहां पे खेल यहां से क्यों जा रहा है बीच में से अबे यहां से क्यों आ रहा है बीच में से उल्टा जा रहा है वो तो हां जा आगे जाके जाके जाके जाके तेरी मदद कर दे गए गए बल गए यार गलत से चल रहा है यार मैं इससे तो इससे देखो देखो फिल्म लास्ट पे खड़ी है अब तो तो ये, एक तो तो तो ये मेरा पहला गेम है है है है है भाई भाई थोड़ा अरे तो मैं ब्रो हम हम ही ही ओपी चैट क्या क्या बात बात बहुत सेफ गेम खेलते हुए भाई और देव भाई एकदम सेफ गेम हुए पर है है है ऐसे तो ही नहीं सॉरी मज़ाक रहा ले रहे हो हो ले ले रहे में से। तो... <laughs> तो भाई, ले रहे ज़िंदगी भाई अब मेरी मजा हो गए अब बहुत मार रहा है को। अब, अब मैं नीचे कैसे गिर गया ये क्या भाग रहा है मेरे को ये बता तू हां हफ्ते में क्यों जा रहा है आजा गंडू भाई आजा गंडू भाई क्यों साथ में तिरु क्यों साथ में क्यों साथ में मजा आ को आते हुए ब्रो से मजा आ को आते हुए अबे आजा अल्टी तू आ गया ना, सब आ गए सब आ गए सब आ गए अपन तीनों आ गए चलो देखते हैं कौन जीतता अब भाई ने एक नंबर का नूबड़ा हूं मैं कभी जीता नहीं हूं मैं तो जीतने दे एक बार अच्छा उसमें तो भाई का नंबर ग्रीन है भाई उसमें तो हम सब में बड़े गरीब है भाई, है भाई भी। देव को देखना वो क्या हुए जा रहा है और नीचे गिर गया यार गलत भाई ओ भाई स्कैम को देखना है भाई भाई एकदम से गया। गया। ये कौन पहुंच गया ये अरे पहुंच गए ये तो अरे यार मार ए भाई गलत सीन प्रो है भाई अलग खेल रहा है ये बंदा भाई अलग खेल ले पूरा अरे भाई फटफट पहुंच भी गया ये बहुत जल्दी पहुंच गए बंदा ये चलो कोई नहीं भाई क्या हुआ इंस्टेंट हो गया अबे ये क्या हुआ ये क्या हो गया अबे निकलो निकलो निकलो कर दो कैंसिल निकलो निकलो लिखो कैंसिल कर दिया अबे एक अब साथ ये अबे एक साथ ये सभी एक साथ ये सभी एक साथ ही है नहीं भाई मैं नहीं भाई मेरे में तो स्कीम चल रहा है मेरे में तो स्कीम चल रहा है दूसरा नंबर मतलब चौथा नंबर हमारा गली गली एंड करो एंड करो एंड करो एंड करो निकलो निकलो निकलो निकलो निकलो एम प्रो के साथ आ गया मैं अबे स्कैम प्रो मेरे साथ खेल रहा है हां तो मैं तो वही तो बोल रहा हूं निकलो निकलो यार ग्लिच है ग्लिच है कोड कोड कोड लिखो रुको रुको रुको रुको रुको रुको रुको रुको रुको यार रुको यार ये मेरे को एडवर्टाइज हो रहा है सभी बाहर आओ सभी बाहर आओ सभी बाहर आओ हां बाहर है गाइस अभी कोड बता रहा हूं मैं कोड बताओ कोड लिख हेलो रुको 97 यार मेरी मेरी डॉट ये आ रही है अबे मैं बता रहा हूं कोड बता बोल चल 15 15 47 47 15 47 ये ये था किया था अबे नील मुकेश ऐसा बोल रहा है <laughs> नील नितिन मुतेश मुतेश ये ये बढ़िया था गुरु मुकेश मुकेश है बढ़िया था अच्छा नहीं अरे मैं अपनी बात में बोल रहा हूँ ना अच्छा था <laughs> ओ भाई ऊपर आने बात में है। <laughs> अब कौन सा मैच आएगा भाई देखते भाई भाई ये बात है यार वही से है भाई इसमें मेरे को नहीं खेलना है इसमें होता होता है है मेरा इस नहीं अभी सुगर क्रेस क्या चल रहा है आज अबे वो बहुत गाना निकला अभी वो इसका गाना है बे क्या गेम का, गेम, क्या इसका? ना, नाम गेम का है साले दिया मेरे को भाई, क्या है भाई ये भाई फेंको देखा देखा रात ना मुझे मुझे मुझे तो तो तो एक नंबर का बेकर लगे है ट्रेलर मुझे अबे तो। भाई मैं किधर नहीं वाला आओ आओ आओ सभी आओ, आओ, फिर अंदर फेंक मैं, मैं मैं रहे फेंक दिया शुर तूने कब यहाँ पे क्यों कर रहे हो बच्चो हे हो भाई जान आप हग रहे हो खेल छोड़ ना रहे हो अरे यारे कोई नहीं कोई नहीं देखता भागते हुए एकदम स्मूथ गेम भागते हुए तो मैं मैं। पर रही है। देख। गिरे, गिरे, गिरे, गिरे, गिरे, से ना आगे आगे हुए। जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी आ आ आ आ आ चल रहा रहा ठीक है है है है है जा जा तो जा जा तू तू तू तू कर कर कर कर सकता सकता सकता तेरे में है, तु तु सकता है। अच्छा रहे? रहे? में वो क्षमता भाई क्या बात चार चारो का है पता नहीं क्या जीत गया लेप आना रटना है, सेंटर मैंने कब कहां पे आना है मिडिल वाले में मिडिल वाले में आइए मिडिल वाले में मिडिल वाले में मिडिल वाले ठीक अब तो बाहर हो गया मिडिल वाले में अबे चूतिए मिडिल वाले में है तो जल्दी जल्दी ये चेंज होता है ये चेंज होता है हां हां चेंज होता है हर बार चेंज होता है अच्छा अच्छा मैं गरीब बताता हूं गरीब बताता है भाई हेलो आएगा क्या चूतिया है बे तू क्या पता नहीं नमस्ते नहीं नहीं नहीं नहीं मेरे को लगा कि तीनों तरफ रहता है बोल बोल के के ऐसा भी जो होता भी पिछे, पिछे, पिछे, पिछे हो। न, हाँ ये मैं यही बताने वाला था कि इसमें ना एक सबने के ऐसा नहीं सब मुझे नहीं होता तब, तब मैं मैं करता ये अबे कोई किसने किया क्या क्या क्या है देव गया। था, देव गया था, देव गया गया देव देव देव था। था। ओ कंपटीशन कंपटीशन दोनों में क्या कंपटीशन है भाई। देख नहीं। भाई चालू अभी गया राम जीत गया देवजीत देवजीत गया देवजीत जीत गया देव यार या। ओ भाई बाइक तो इतवान आ गया छोड़े के लिए रह गया छोड़े के लिए रह गया देख कुछ तो कर दो वो भाई सो नहीं हो गया तो ही था देखो देख कर दो बोल ही क्या था नहीं नहीं सनी अभी मैं बहुत बार जीत चुका हूं उसमें बता कर रहा था मैं लाइव हो ठीक है भाई वो कौन का चाबी क्या गया लेट द पार्टी बिगिन गाइस लेट द पार्टी बिगिन लेट द पार्टी बिगिन चल समझ बोल यस तेरे फ्रेंड्स है के कॉलेज के फ्रेंड्स है के ऐसे कॉलेज के सब पबजी में ले सब पबजी वाले अपन सब पबजी वाले तू ही तो है वाले सब पबजी वाले सब पबजी वाले जय पबजी जय पबजी जय पबजी दैट इज द पबजी दोस्त ने बनाती पबजी बोल बोल हां हेलो हेलो बोल अबे नहीं हाँ। नहीं भुण नहीं भाई नहीं, भाई ये में में मैं मैं मैं मैं मैं फोन फोन फेंक फेंक यार कभी फेंकने मत मुझे दे दे दे बेच बेच बेच अरे कोई उसको आगे जा रहे थे यार अब यार सही जा रहा हूँ मैसेज मैसेज नहीं रहा है है गया ब्रो जा रही मेरी ओ हेलो तुझे मालूम क्या इस तू कंटिन्यू गोल-गोल घुमे रखा ना देख गए निकॉ में मैं देखता मैंने अल्टमास्को भाई एसएस पछता हूं देखो ये ऐसा होता है अरे होल्ड कर होल्ड कर भाई पोस्ता पोस्ता पोस्ते रह गया यार भाई मैं अबे अबे अबे अबे देख ना अबे आओ यार क्या नूबड़े हरकतें कर रहे हो यार अल्टी जा जा अल्टी तू कर दे गलती गलती जल्दी जा जंप कर दे जंप कर दे दम जंप करके जंप कर, जंप कर, कर गया जंप किया भाई भाई क्या जंप किया भाई मैंने हो गया क्या तेरा जंप किया। हाँ, हो गया हो गया, हो गया गया। क्या जंप किया भाई भाई। मैंने। अबे यार मैं थोड़ा से दो सेकंड लेट भड़ा कर रहे हो पबजी है क्राफ्ट को चिढ़ रहे हो उसे बड़ा कर रहे हो सर सॉरी मैं येpostfixा देख रहा है कौन है गिरा गिरा गिरा गिरा गिरा हां वो मुझ पे ना पाएगा मैं रह गया मैं रह गया मैं रह गया मैं रह गया मैं रह गया भाई।, भाई मैं एकदम लास्ट में मैं एकदम मैं एकदम लास्ट में हूं मैं ग्लिच के चक्कर में रह गया भाई मैं वहीं पे अभी खड़ा ही था ग्लिच करने के चक्कर में अब स्टार्ट किया मैं तो ट्रिक करूंगा अब देखा लुटी ओए मुझे कौन दिख रहा है ऐड नहीं तो मुझे देखो क्या भाई निकला है बात यार मैं, तो या, मैं रह गया, गया। मैं आ गया मैं लगभग आ गया हूँ मैं लगभग आ गया हूँ मैं आ गया मैं आ गया मुझे दिख रहा है मेरी नहीं नहीं मैं मिल भी आ रही है मिल भी आ रही है गांडू अकेला अबे मैं गांडू कर में लेट्स सी, व्हाट कैन डू? आप राम रहीम जी को बात लाइव इंसान, सबसे, आप भाई सबसे जो, चल जो, सबसे चल जो. भाई सबसे चल, जो. मैं सबसे जाओ. सबसे चल जो, सबसे तो भाई तोड़ दो अब तोड़ दो यहाँ सारे तोड़ दो अब अब यहाँ पे चलो अब जो, जो गिरेगा वो सीधा निचे जाएगा अबे चूतिये जो गिरेगा ना वो सबसे पहले जाएगा समझ ये ट्रिक ट्रिक है अच्छा अच्छा सब ऐसे तो, करते वो, देख, देख, वो एक लास्ट लास्ट लास्ट आएगा आएगा आएगा देख ओ भाई नंबर ओपी बोलते भाई खेलते हो देख देख तो सही भाई, देख तो सही सही। भाई, नहीं मतलब ये लो तुम लो, तुम लो मतलब लोग लोग लोग क्या? क्या तुम तुम हमेशा खेलते रहते हो इसको? मैं करने रहता भाई, पा रहा ये अरे थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए भाई भाई। हो तो जाएगा मैंने कर दिया था उस टाइम पे भाई भाई भाई चलो भाई तुम लोग के पास कितने क्यों नहीं बता भाई, नहीं बता। वो साथ में भाग रहे मिले अभी मिला अभी मिला अभी मिला मैं अरे भाई थोड़ा देर से मुझको यार मेरे को नहीं अबे यार नहीं नहीं नहीं नहीं चला यार चला यहां पे घूमने के लिए रुक जा रुक जा अंदर में जाइयो अंदर में जाइयो हां हां गोल-गोल घूम देख गोल-गोल तेरी स्क्रीन तेरी स्क्रीन पे कुछ आ जाएगा देख कंटिन्यू गोल-गोल घूम कुछ नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा कुछ आएगा नहीं गोल-गोल घूम आ गया आ गया आ गया क्या कोई है मिस्ट एमडी राय सब, गए, सब सब सब सब सब लोग लोग लोग लोग आ आ आ आ आ गए आ गए आ गए आ गए आ गया भाई भाई तुझे पता ना गेम गेम गेम के बाद में ऐसे स्क्रीनशॉट तो ऐसा कुछ कुछ आता है है है मतलब हाँ इसका का ओके ओके अबे अबे कोई एमडी रन करके ठीक वो भी आना चाहता ले ले ले ले ले ले ले उसे तो है है है भाई अरे वो वो लाइव लाइव देख देख रहा रहा सर सबसे अच्छा है। अच्छा रुक रुक अल्टी तू तू हमारे टीम में देव पापा जी ना गोल कर मेरी पिन कर रहा पे अबे मेरी स्क्रीन पे कुछ आया अबे यार अबे यार एक गोल जारेस्ट जारेस्ट जारेस्ट जारेस्ट जारेस्ट गोल, क्या गोल मत कर दिया जा रहा हूँ क्या यार तुम कमेंट में डिफेंड में बैठा हूं अकेला निकल सकता नहीं तेरे कोई एक दिन हो रहा हूं ना अब छट वर्ल्ड टू उनकी टीम में है तू समझ रहा हूं मैं अबे 2 2 3 3 आ रहे हैं मुझ पे यार आ जाओ यार आ जाओ यार ये हो गया करो करो करो करो करो करो करो नहीं चल चल चल चल चल मैंरो मैंरो मैंरो मैंरो मैंरो अबे अपने है ये अपने में क्यों डाल रहे है चूतिए अबे अब एक इसको ले जा इसको ले जा एकदम नंबर एक नंबर गुड वन गुड वन गुड वन भाई इक्वल हो गए दोनों का इक्वल हो गए ये नहीं होना चाहिए अबे तो यार कितने भाई अपने बंदे अपने में डल रहे है अबे यार नाइस इतना डिफेंड कर भाई डिफेंड कर अभी डीफ डिफेंड करो अभी हां मैं वहीं पे हूं मैं डिफेंस ही करूंगा बस आ जाऊं ठीक है ठीक है अभी अबे देख ये लोग क्या कर रहा है यार अबे यार सीबे अरे पंच का ऑप्शन भी आता है यार भाई क्या कर रहे हो भाई इधर चार पांच भाई मेरे चार पांच है भाई अभी अब दोनों एक टीम में थे अभी लोग जीत गए बे यार चीर जाडेस व्हाट आर यू डूइंग इन दैट इसमें कितने गोल चल रहे हैं इसमें भाई गोल क्या मैंने भाई लिटरली भाई पांच बंदे एक साथ मेरे ऊपर बैठे हुए हैं क्या करूं मैं कोई नहीं कोई नहीं वो लोग मैच देखते हूं मैं डिफेंड कर रहा हूं मैं इधर और पांच बंदे एक साथ एक तुम दोनों एक टीम में थे क्या हम दोनों एक में थे हां हां हां वो तो हम दोनों एक टीम में थे ओबे नाइस नाइस नाइस नाइस देव चाड़ी देव लगा लगा देव के के देव के खेल रहे देव जी के खेल रहे रहे तु, तु, हैं क्या क्या क्या क्या मैच ही तुम दोनों बीच दो दो दो दो भाई भाई खत्म है भाई क्या क्या अरे एक बंदेलो रुको रुको रुको जरा मत ले मत खाली मैं मैं कौन कोड बता दूं कोड क्या है बदल वो लाइव स्ट्रीम पे देखा कोड क्या है बोल ना 684486 देखो डेट 4, 4, -4. 4, -4... चल बता दे कोड तो बता दे बस क्या कर रहा है तू आ रे ये स्कैम हुआ है अरे ये ये मेरे में से आया भाई ये तो, तो, ये तो मेरे में तो जो सबसे था। हाँ भाई, वही बंदा है इसको दूसरे रुक, रुक, और भी आ रहे रुको रुको रुको। और और और भी आएंगे, और भी आएंगे, आएंगे भाई भाई भाई इन्हें देखो, देखो, क्या पहचाने बंदे की। अपना लो लो। यार, चलो चलो, और नहीं, और नहीं और नहीं और है नहीं, और नहीं, चलो चलो चलो चलो थोड़ा वेट करना भाई सब मेरे को भी प्रैक्टिस जरूरत है हेलो यार, यार, क्या, क्या, क्या क्या एक नंबर एक नंबर गुड गुड गुड गेम गुड़ गेम गुड़ गेम मैं आ गया मैं आ आ गया गया गांडू में ये ये कौन है अबे भाई लुक प्रो तो नहीं है भाई बहुत प्रो है यार लुक लुक प्रो ल, ल, ल, लुक प्रो लग रहे हैं भाई के नाम है बच्चों की हो रही है एक बार रुको रुको तुम लोगों के लिए आज़ा आज़ा। अबे यार क्या सी नहीं गिरा रहा है बीच बीच में आज़ा आज़ा आज़ा आज़ा आज़ा। अबे यार हट हटो अबे अब क्या है तू वो बाइक है आराम से ब्रो मेरे भाई सुन तू सुन थोड़ा देख वो कहां पे चल रहा है फिर जा अब है तीन बार भाई तीन को अपने टीम का बंद हो रहा है कोई कि? नहीं कोई नहीं, नहीं। अब वही वैसे खेला ए फायर ए फायर टीम पे कौन आ गया नमस्ते तेरे में से बहुत गंदी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में अलतमेश माइक ऑफ कर भाई जरा क्या भाई हां आगे माइक को कर देता हूं तो किसकी कि बात बोल रहा तो तो है वो पता अल्टीमेटे बुलाया ना हां नहींल्टी बज गए अल्टी बज गया ज्यादा प्रो है लोगों मैं गया लो मेरे यार नहीं ब्रो आपको नहीं जाने देना आप आओ मेरे साथ ही है नहीं हो रहा है मेरे से ये आ जा उधर से आ जा हेलो क्या हो हेलो हेलो क्या ले ये भाई उल्लू सुनते हो भाई इधर आ जा आगे पुलिस आ गए कुछ के मैं क्वालीफाई हो गया मैं भी क्वालीफाई हो गया और दो बंदे लाइव सोच के कौन दिख रहा है क्या अरे डर रहा है बोल मेरी वॉइस फट रही है क्या भाई तूने पापा जी बाहर क्यों खड़ा है पापा जी बाहर क्यों खड़ा है कौन बाहर खड़ा है बाहर कौन खड़ा है बाहर कौन खड़ा है हार्ड वाला जा यार कर कर तेरा तेरा माइक माइक ऑफ ऑफ भाई मेरी जा रही है ऊपर से नहीं नहीं नहीं मेरी आ आ रही रही रही है है है तेरी तेरी ना ना लेकिन तेरे कौन था ये फटा फटा फटा फटा फटा फटा फटा मस्ती कर रहे हैं लोग गांडू गांडू गांडू भाई भाई कैसे कैसे ओ ये तो मेरे सारे देव तू क्या कर रहा दे गया देव गया गया गया गया ओ बाय बाय बाय बाय नहीं गांडू मुझे ना धक्का मत मारना प्लीज है तेरे को गिरा गिरा गिरा गिरा गिरा उसको गिरा क्या, गिरा क्या? उसको गिरा क्या यहाँ पे गिर साले है वो फिर बच गया वो दिया गया गया गया अकेला देव मर गिर गया गिर गिर गया गया अब इन दोनों भाई भाई भाई मुझे मुझे मुझे बम बम लग लग गया गया गया गया पे आ वो Nice भाई भाई लिटरली बसरों में लिटरली इनको आज ऐसा महसूस हुआ है कि भाई मोबाइल में हेडफोन जे कितना इंपॉर्टेंट है <laughs> अरे ये अच्छा खेले बंदा भी एक कहां गए मैंने दोबारा कोड बताना पड़ेगा क्या नहीं आ जाएंगे अपने टीम का बंदा ले अपने टीम का बंदा जीतता है यार आ जाएंगे निकल गए निकल गए अभी निकल गया वो नहीं नहीं कीक कीक मारा किसी ने अब मैं नहीं निकला निकल गया निकले निकले गया, निकले गया, निकले गया। ये, ये ये आ गया आईडी आईडी बताओ बताओ अरे रूम कोड यार बंदे आएंगे रुको फाइव सेवन जीरो थ्री सिक्स अल्टी तू ही लिख दे भाई अपने नए चैनल पे बता दे कोई आए तो कोई भी नहीं है लिख के भाई जब मैंने फाइव सेवन जीरो थ्री सिक्स फाइव सेवन जीरो थ्री सिक्स वांट टू ज्वाइन भाई डायरेक्ट तेरे कितने सब्सक्राइब है अभी वन फिफ्टी सिक्स या वन फोर फिफ्टी फोर ऐसा कु ठीक तो है अब मैं तेरे पे कर थे, फिर <laughs> मेरा यार चालू कर दो आएगा तो ठीक आए तो। है नया आया तो कोई नहीं आएंगे आएंगे हम सब के लिए चैनल हाँ, भाई हाँ पे, क्या है आ जाओ आ, आ, आ, आ, आ, आ जाओ भाई जा, क्या हो रहा है हाँ भाई जम नहीं।, नहीं कर पा रहा भाई भाई यार क्या है कंपटीशन है नीचे फेंक दिया मेरे को मार दांत चोट क्या बंदो तुम लोग बेचैन है मैं तो नहीं होने वाला इस गेम में मैं गिर गया मैं गिर गया मैं गिर गया भाई मैं नहीं हो पाऊंगा शायद क्वालिफाई मैं नहीं पाऊं मेरी गेम फिर से शुरू होगी अ अभी मुझे मुझे मुझे नहीं नहीं खेलना है है क्या मतलब मतलब इस होना चलो मैं आ गया तु। तु। मैं आगे, मैं आगे, मैं आ आ आ गया गया घूमर रे घूम घूम बोलो इन लोगों पापा है क्या था था था था था क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या पापा है बोला ना ना ना क्या, बोल रहे बे? अरे, क्या बोलो तुम अरे अरे अरे बोलो बोलो एक बात हुई थी तुम लोग बताओ क्या बात हुई थी ये तो बता क्या क्या बात हुई थी बता हो नई पर्सन थी मैंने सबसे पहली बार मतलब पबजी खेल रहा था सिर्फ मास के साथ रैंडमली में आ गया थे इनके साथ ओके okay. भाई क्या ये स्कैम दिया तीन लोगों ने मुझे भाई पापा बाजू में बैठे गाली मत दे मैं तो बहुत बड़ा शरीफ बंदा हूं ऐसा सब कुछ स्टार्ट कर दिया था इसने <laughs> <laughs> अरे भाई हम लोग बहुत गंदे ही थे पापा तो सुंदर है पापा सुंदर है गाली मत दे बहुत गंदे आदमी थे भाई अलताज भाई ऑफ रहा रहा यार यार भाई भाई है है है तो बहुत ओ फेंक दिया तू अभी अभी अभी अभी भी भी भी भी भी हो हो हो हो बात नहीं अबे अबे अबे क्या क्या मार मार मार देख कर गया पार बार मोदी सरकार देख पार क्या बातें थे भाई अपने को तो? अच्छा फर्स्ट आ गया सही सही लु बाय बाय बाय बाय बाय बदमाश क्या राइड है भाई आओ वन टू भाई आप कर गए आराम से नहीं नहीं मैं तो हो गया था डिसक्वालीफाइड पहले भर में अच्छा हो जाएगा हो जाएगा रेडर अच्छा जल्दी आओ अरे रुको यार इतना लो बड़ा राइडर भाई आओ अब दो बार क्यों कर कर कर रहे हो हो हो सिंगल करो ना मैं मैं मैं गया गया वाह ये तो तो तेरी है। ते... तेरी है भाई कैप्टन रात में में मतलब रहा भी स्टार्ट मुझे वाले में चल चल रहा है खेल रहा है वो नाएग? ओ भाई सही खेल हाँ, रहा है है हरामी सही खेल रहा है हरामी हाँ सही खेल रहा है भाई भाई गया गया गया तू तू चले जल्दबाज मत कर देना परम से तुम विजिट करते ओके भाई इसके में, स... हाँ इस में बहुत भरे नहीं आप इन्हीं क्यों ना इसके में बहुत भरे सो पर वो मिड वो देख गलत में दे चल दे गया मिडिल में है मिडिल में है राइट वाले पे नहीं नहीं लेफ्ट में लेफ्ट में वाले अबे लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में क्या क्या गया ये पहुंच गया अरे पहुंच गया पहुंच गया कौन को <Station> भाई।, भाई।, भाई।, भाई, भाई भाई नाएस भाई भाई भाई भाई भाई भाई कौन कौन देव ओ ओ नाइस नाइस नाइस नाइस वन वन वन वन पह कुत्ता भाई चैट क्या चक्कर दिया भाई ने लाइक आरामी कुत्ते के लिए तो वक्त वैसा दबा के लाइक ही ठोको दबा के लाइक ही ठोको <laughs> मां का बोल रहा है ये मां का लाइक तो अरे ठोक देने का अरे वो मीम मीम डाले कर बीच-बीच में नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा हां कम से ये तो 4 मैच तो जीत ही है ना 4 मैच तो जीत अरे भाई आ रिया भाई WhatsApp खेल रहे हो भैया हां तो आ जाओ भाई ये गेम की बात है नेक्स्ट पक्का पक्का पक्का रेडी क्या बात है अरे तेरा तो भाई मचा दिया भाई क्या बात है एकदम स्मूथ गेम प्ले भाई एकदम स्मूथ स्मूथ गेम गेम प्ले प्ले तेरा तो भाई भाई का एकदम गांडू आ आ आ गया दुरु दुरु भी, दुरु दुरु दुरुु दुरुु भी आ गया गया भी चलो आ जाओ अब मजा आएगी अब मजा आएगी मैं नहीं चल अब तो मजा आएगा ना पेड़ू अब मजा आएगा ना वीडियो लास्ट तक रहना लास्ट तक रहना लास्ट तक रहना भाई लास्ट तक रहना लास्ट तक रहना मेरे ऊपर भरोसा नहीं है जल्दीबाजी इसी में पीसिंग कौन से में पैर है कौन से में मैप नहीं आया देखो अब अबे यार कौन सी टीम में दो दो कौन सी टीम में कौन सी टीम में कौन सी टीम में मेरी टीम में है येलो येलो दे दे, दे दिया यार बनाया नो मैं मैं भी भी में में डिफेंड कर रहे है क्या बचा जो जो ऐसी नहीं नहीं साथ साथ सा, सा तो हमारे में है डिफेंड कर रहे है। सही है वो ये बात बनेगी साइड स्कोर भाई कुछ भाई मैं डिफेंड ही कर रहा हूं गोल गदर... करो गोल करो भाई लोग गोल करो इनकी मां की आंख गांड में घुजो इनकी एक नंबर एक नंबर एक नंबर अरे साले मैं बचा रहा हूं उसका गुल गोल है बे क्या फालतूगिरी कर रहा हूं मैं अरे वो खाली है वो खाली है वो खाली मार मार मार मार मार मार डिफेंस कर <स्थाथ> गोल गोल गोल गोल गोल यस यस के के सामने सामने अबे क्या करूँ वही, गोल मैं एक जगह खड़ा तो तीन चार तो क्या यार ऐसे तो बंद तो रहेगा गोल, गोल हो हो गया गया यस यस यस यस गोल गुड गुड गेम अरे देकर दिखा तो अब जा रहा हूँ डाल डाल डाल डाल डाल दे दे दे दे एक नंबर नंबर गाइस गाइस गाइस गाइस गुड गुड ओपी ओपी अबे ले अब अब अब बोल खेलो खेलो खेलो तुम्हारी क्या कब ऐसे तो देना थाम में इसलिए वो तो थोड़ी ना वन साइड गेम से कहते हैं वन साइड गेम बोलते हैं वन साइड गेम कौन दे रखा है जेडस चाचा वो बाय बाय बाय जालेस की तरह क्या बोल रहे दैट इज नहीं भाई मैं कुछ नहीं बोला भाई मैं मैं मेरे को नहीं खेलना ऐसे भाई मेरे तो को तो बोलने का ही नहीं है मेरे को बोलने का ही <laughs> नहीं ला जी बंद देव यार भाई साहब भाई साहब भाई साहब तो भाई यो इवो थर्ड ए भाई ये भाई ये भाई ये ये भाई, ये बहुत बहुत बहुत भाई भाई भाई भाई सबसे सबसे अच्छा है है मस्त तंदूरी क्या आरामी कुत्ते का नाम पूछो क्या? क्या है अभी कुत्ते का रियल लेम क्या है क्या पता भाई मेरे को पता नहीं यार रुक लिखा या? लिखा था था एमडी रैंडम रैंडम रैंडम है क्या पता यार्डू टक्कर में सकता है एक नंबर मेरे मेरे कैप्टन कैप्टन कैप्टन कैप्टन क्या खेल खेल खेल खेल रहे गज़ब, गज़ब, गज़ब, भाई भाई भाई आप गजब गजब गजब यार शिट शिट शिट शिट शिट शिट शिट कुछ कहना चाहोगे चल अपने बंदा जीतता है तो बोलो अभी कोड क्या कोड एक साथी तो है 51096 तो एक जो होल्ड करे एक बंदा रहे एक बंदा रहे 51096 आ जाओ भाई अरे, अरे, अरे, अरे, अरे जो, भाई। आ जाओ 51096 भाई अरे जतिन अरे यार आई को लूं जतिन किधर है जतिन हो सो जाएगा वो सो गया होगा 51096 काम पे ध्यान होता है अबे दो अबे दो दो रामे कुत्ते अबे दो दो रामे कुत्ते दो दो दो कैसे आ गए अबे दो दो दो रामे कुत्ते कैसे आ गए मेरे को नहीं नहीं पता दोनों अलग अलग एक एक एक एक एक एक में में में में में देखो डॉट डॉट डॉट डॉट नहीं नहीं नहीं दोड़ा दोड़ा है नहीं है आ, मैं लग लग है मैं भाई कहने वाला था पर पर कुत्ता पाले आ रहा कैसे अभी FFYT, है क्या ये यूट्यूबर बड़ा क्या तो पता भाई मेरे बात है व्हाट्सएप सैमुअल भाई ऐसे कैसा पैदाना हुआ भाई तमस हां बोला भाई मैं तो बोलता हूं कि इसमें 32 बंदे सर हमारे होने चाहिए कोई <laughs> तो बोल रहा और, और मजा आएगी सुन कंपटीशन बनाते हैं बनाते हैं जो कंपटीशन बनाते हैं चल डिस्कॉर्ड पे अपना सर्वर बनाओ मैं तेरे मेरा बंदे मेरा ऑलरेडी है अब तुम बंदे तो होने चाहिए मेरा भी है मेरा भी है डाल देंगे तू डाले काम कर करते जो जो जो, जो जो जो आगे आगे तुम लोग यार यार मक्खी ने तंग कर दिया पूरी जिंदगी बर्बाद कर मक्खी ने आगे आगे आगे आगे आगे आगे आगे जा जा जा जा यार भाई भाई भाई देख देख बना बर्बादी आर्या, भाई आर्या आर्या आर्या आर्या आर्या आर्या आर्या भाई भाई।, तो भाई, भाई, भाई भाई भाई भाई भाई भाई निकल गया गया बोल गया बोल गया गया गया क्या हारा सेकंड पहुंच पहुंच पहुंच पहुंच पहुंच तेरा दोनों बंदे के कपड़े भी सेम है देखा मैंने देखा है कुत्ते नहीं अलग अलग, अलग दिख रहे मेरे मेरे मेरे मेरे में में को दिख दिख रहे रहे सेम सेम सेम है है है दोनों तो वाले का वो वाला था ग्रीन आ रहे हैं। मेरे मेरे ये आ ना रहा कुछ नहीं, क्या भाई होगा हो गया साथ चले गए थोड़ा के जंप करेगा ना देख तो तो अबे यार से चक्कर चक्कर चक्कर चक्कर में तो भाई बाबू भैया का <laughs> का मरवा देता चला तू यार अभी अबे यार तो ये ये तो ये ना ये ये ना सच में है लेकिन ग्लीच को यूज़ करने का आना चाहिए आग अभे अभे अभे आना भी तो चाहिए स्टेटमेंट तो में कि आना भी तो चाहिए क्वेश्चन में कहता क्या क्या मेरा पार हो गया किस चीज़ का पार हो गया किस चीज़ का पार हो गया नहीं हो रहा है अब अल्टी हार देगा चल भाई यार। में भी देव। अपने, गांडू अपना एफएक्स अपना है यार देव गांडू ऐसे कैसे बोल रहे हो यार देव गांडू ऐसे मुझे मुझे गाली दे रहे हो क्या <laughs> क्या क्या बात बात तो बात है है है कुछ भी बोल देव ऐसे बोल दो जो जो दो भाई देव देव और क्यों है अबे अबे यार यार यार ये ये बहुत जाता प्रो अबे मैं उड़ गया मेरे पे हो ही नहीं पाएगा पैनिक हो गया था मैं वैसे ही पहले थोड़ा दोनों अब अब ये अबे सुन ना ना को देख देख भाई वो मतलब हंस के जा देख है वो, वो है वो देख, क्या रहा बंदा? है क्या खेल रहा है भाई बंदा बंदा तुम्हारा क्या बात कर जन्म क्या रखा है क्या कितने कितने पाल रखे हैं अपने बंदे पता नहीं यार्डो भाई दोनों आ रहे और एफ एक्सिट गया आई थिंक जीत गया एफ एक्सिट गया एफ एक्सिट गया चेक मत बोला गया ओया इसे किक कर दूं क्या किक कर दूं क्या बस वन बार वन बार अरे इसे किक कर दूं क्या हां करते हैं करते हैं हेलो हेलो 1 मिनट वेट करो मैं भी आया 1 मिनट वेट करो इसे ओ भाई यार अब ये एक और हो गया सही है भी कोर आ गया हाँ? कोर कुत्ता कुत्ता है है है यार यार कितने कुत्ते हैं एक भाई दो दो दो दो दो रहा हूं तो तो अब मैं मैं को तू किसको <coughs> <coughs> <coughs> किसको निकला निकला निकला कोई अबे अरे चले गया वही पूछ रहा हूँ क्या है क्या दो, दो बात है एक okay, नंबर आ रही है ये जिंदगी में ये ग्रोह चाहिए क्या चाहिए बे चाहिए। क्या, ग्रोथ। क्या क्या क्या क्या ग्रोध, ग्रोध, ग्रोध, ग्रोध, हाँ। बस की ग्रोध। ग्रोध, नहीं। में क्या किला मांगते मतलब <laughs> खेलते खेलते खेलते-खेलते अबे मैं ये मतलब वो क्या बोलते कर पाता भाई मजा आ जाता भाई नहीं बहुत बहुत गंदा गंदा में और कुछ नहीं यार खेलने अबे यार वो जनता ही नहीं है अबे यार नहीं नहीं नहीं नहीं भाई मुझे तो गिरा रहे बर्बरिया एकदम एकदम सेफ खेलते हुए एकदम सेफ खेलते हुए अल्टोन तो भाई एकदम सेफ खेलते हुए हमारा भाई एकदम सेफ खेलते हुए मैं जायडस की स्पीड में आ गया मैं नजर लगी भाई तेरी मेरे को अबे ये देख ना जायडस के साथ हूं मैं इतनी बेशर्म की बात क्या होएगी इससे ज्यादा शर्म की बात होगी ओ भाई साहब देख लो अबे अबे क्या रहा क्या तो अबे दी आए, दी। आए, आए पींक पींक। क्या का का का यार यार यार के साथ ही में भाई भाई भाई हो हो गया गया गया गया गया गया गया मेरा जल्दी मैं मैं मैं मैं मैं मैं मैं आ गया, मैं आ आ आ आ बार बार क्यों रहा मुझे अंदर आना पड़ेगा भाई भाई गन्दु भाई गन्दु भाई भाई भाई भाई भाई आगे आगे आगे जल्दी जल्दी आ रह गया अबे पिंग का बहुत जाके देख लेना ठीक है रहा रहा भाई भाई भाई भाई, भाई, भाई जा जा देख देख क्या सीन है नहीं पता बताऊंगा अरे बांधा नहीं है भाई तेरे सौ का मजाक कर रहा हूँ चल समझ ना भाई भाई भाई क्या हो मतलब हो हो रहा रहा है अबे अबे है है ये ये पहले रोना रहे रहे जिंदगी जिंदगी के साथ यार यार से से पैसा अबे अब अब तू तो किक मैं एफएक्स देख तो कितनी आगे पड़ा चूतिया अरे मुझे फर्स्ट आज दिया नीचे आओ उठाओ यार वो रामी आ गया भाई अच्छा अच्छा अब अब ना किसी को नहीं देना जिंदगी मजाक हो जाएगी अल्टी किधर है अल्टी किधर है तू मैं मैं मैं हर गया यार चल यार यार कितने खेलते भाई भाई व्हाट इज गोइंग माय लाइफ कैन अंडरस्टैंड लाइट बैंड हेलो हेलो देव बोल बोल जब जबले सबसे पहले पहुंच जाते हैं तब नीचे उतर फिर से ऊपर चढ़ जाय ताकि बंदे ऊपर नहीं आ ओके मैं मैं तो मैं देखा देखा तो तो तो तो दूसरी बार, अगर पहुंच सकता हूं पे पे ट्रिक है है इसके टक्कर मारो जंप करो और ऐसे ऊपर तो नहीं नहीं नहीं नहीं मरना मरना मरना बड़ा जीतना यानी कर के चक्कर दो मैं इसको इसको इसको इसको इसको इसको इसको ये ये ये क्या है इतनी जल्दी वाला निकाल निकाल निकाल निकाल निकाल निकाल दे दे दे दे दे आ आर कौन है क्या मैं दोस्त दोस्त है और वो कोई मैं अरे मेरे को नहीं पता मैंने मेरा मतलब जो का आईडी मैंने वो वर्ल्ड ये भी बोला सकते ना अपने फ्रेंड को को मतलब हाँ, दूसरे देख देख अभी वो था, था, वो था था था यूट्यूबर भी कर सकते ना किसी सही सही सही है सही है है सही है है भाई क्या था भाई अलग एफएक्स क्या तेज ओ मैं अब यार यार गिरा दिया यार? आगे आगे देख देख अबे अबे यार यार यार क्या देखे, देखे, देखे, यार, क्या क्या भाई भाई आगे, भाई आगे, भाई आगे, भाई आगे, भाई दे भाई भाई भाई दे हैकर आ गया भाई टीम में है तीन सौ तुम लोग का छोड़ो है हैकर की मेरा पिंक का अबे लाइक छोड़ देते हैं लोग लाइव से बंद कर दलाओगे अरे भाई डिंग छोड़िए ऐसे फ्लैक करे भाई ये बंदा यार ये हैकर क्यों यार, यार कितने बार किक कर रहा है हम जीतते गए ही नहीं अगला सिक्सर पे आ गया क्या हैकर है भाई ये क्या हैकर है भाई ये हैकर है रुक मेरे को ये लाइव स्ट्रीम बंद करना पड़ेगा छोड़ अबे नहीं छोड़ दे भाई तू हमारे इतने हमारे गेम प्ले देख ना तुझे यार पिंग नॉर्मल नहीं आएगा सब पिंग नॉर्मल नहीं आएगा मेरा ये वो इशू था अभी नॉर्मल हो गया मेरा तूने तो बंद कर दिया ना ना पहले पहले तो तो ये जब हम खेलते थे पहली बारी तो वहाँ भी ये इशू था एक नंबर चल रही वाले गेम में तो रफाई मत चाहिए अभी अभी आखिरी हैक कर यार मैं हैक कर गैंड्र हैक कर देख हेलो अबे हेलो तो तो आई नहीं रहा मैं, मैं मैं रे गया, यार। यार। मैं हेलो हेलो हेलो हेलो भाई भाई भाई मेरे मेरे मेरे यार यार यार यार बे भी भी लास्ट लास्ट में में सबसे वाला अब ये पड़ेगा अबे उसने सारी टिप्स एंड ट्रिकी हुई है तो तो नहीं नहीं। यहाँ पे तो ना बेटे यहाँ पे तो हम जितेंगे हम घूमेंगे घूमेंगे घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के, के हाय रूम रूम रूम अबे रूम का आईडी आया बता बता नहीं अभी तक हेलो पूछ रहे अभी मैं पूछ रहा हूँ अबे मेरे यार यार टीम में से है ना हैकर वो काट देंगे हां आवाज आ रही है अभी भाई हम अभी गेम में हैं हम अभी गेम में हैं फाइनल की टीम में हेलो अब तो बन गई है तेरी वॉइस आ रही है छोड़ दिया जाए मार दिया जाए एस40 बकी अबे एफएक्स딕 भाई एफएक्स딕 अरे को को देख भाई भाई भाई भाई भाई करते करते नाच रहा भाई। खेल रहा रहा खेल कर गया ये मार है मारा अबे बोल बोल माइक माइक कनेक्ट कनेक्ट किया जरूर बहुत बो बो मत कर कर बहुत जा जा रहा रहा रहा है जान हो रहा है है है फोन में अभी चार्ज, चार्ज भी वो हो हो गया, वो हो गया।, वो हो गया भाई भाई भाई वेट करो मेरा मेरा आ रहा है। ओ वेट ये कौन अरे पर म्यूट लेना अपने आप को तू कुछ तो बोलना बता दी वाला नोट कर ले मेरी आवाज आ रही है नहीं हाँ भाई हाँ तेरी आवाज वो कौन आ रही है तेरे ने वो तेरे फटपड़ क्या क्या होता है क्यों तेरे ने वोटपड़ क्या होता है सब कुछ चार यार सेवन टू ना किस्सा आ रही है कोई मुझे कोड बताएगा बता रहा हूँ सेवन टू जी रे सेवन टू सेव बे निकला कौन है कोई भी नहीं निकला ना हेलो जायडे आ रहे निकल के आ रहे निकल के आ रहे निकल के आ रहे आ रहे आ रहे निकल के आ रहे आ रहे आ रहे पुल पुल पुल आरे निकल गया 720 72 आ रहे 72072 भाई आ रहे हो 72072 एक मिनट होल्ड करा भाई होल्ड ही है सी सी आरे आजा भाई आर्या 7 अरे फोन आ रही है कौन इसका हां कौन आ रही है मेरी एक दोस्त है उसका ये ओ भाई ये कैम प्रो गिर सके इसको निकल क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या चुप से चुप से लास्ट में देख आ, आ रहे आ रहा है कुत्ता तो, आ रहा है कुत्ता तो आ गया आ, आ, आ रहा है आ रहा है कैम आ जाए सही है अरे ये है कैम प्रो अरे आरे क्यों नहीं आ रहे आ रहे हो अब ये कोने में तो अभी बिट डेविल कौन कौन कौन बना दे कौन कौन आ रहे भाई कौन कौन आ रहे अरे दो एक आ रहा है एक निकल रहा है ये हो रहा है मेरा नाम बदल बदल के नहीं आ रहे हेलो भाई जो भी लाइव स्ट्रीम देख रहा है भाई अपना नाम लिख के भेजो प्लीज जो लाइव स्ट्रीम देख रहा है नाम लिख के भेजो भाई प्लीज यार भाई आइडेंटिफाई कर पर कौन है भाई पहले पहले के जो लाइव स्ट्रीम देख रहा है मेरी गाइस अरे ये तैयारी कर रहा क्या है मेरे काडी कर ने ने रहा है अरे मेरे एक बंदे लाइव स्टार्ट कर स्टार्ट स्टार्ट कर दिया अरे गया अरे अमित को तो मैसेज करने गया तेरे आ गया अमित को ओके स्टार्ट बोलो करते स्टार्ट मेरे को रख दिए स्टार्ट बोल स्टार्ट बोल स्टार्ट बोले छोड़ दे एक बंदा लाइव स्ट्रीम दे रहा है लोगों को पर कोई पर कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है ब्रो अगर तू अनसब्सक्राइब अननोन बंदा है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दे भाई लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब हम लोग आते रहते हैं भी क्यों मांग रहे है तू भी क्यों मांग रहे होय तो और इसका और इसका मोडी ले लो अदरक भी नया बनता है मतलब के वाले थोड़ा अच्छा बेटे अब तू बाप के बच्चों से दी कर रहा है तू नहीं यार तू अबे क्या एक प्लीज इस जानी चीज़ होती है इसको तो भी बोलते तो हैं जैसे request कहते हैं एक कोने में वो बैठी थी वो मुझे को देखी लगी सबसे अलग लगी सबसे ऐसी अच्छा ठीक है भाई 700 का क्यों भाई भाई 700 का फोन भाई अच्छा है जो तो मार हेलो कोई तो आवाज आ रही है